आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हाउस प्लान और एक बेहतरीन हाउस प्लान है हमने वास्तु के हिसाब से डिजाइन बनाया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके पहले हमने और भी ऐसे कई वीडियो बनाए हैं हाउस प्लान पे आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे चलो वीडियो को स्टार्ट कर ये है। ये ये हाउस हाउस प्लान प्लान नॉर्थ 27 इंच का है ये है है है है जो जो जो बाहर की की सब दीवारें दीवारें और अंदर करते हैं वीडियो को चार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ये हाउस प्लान पोछ की साइज़ इंच मेन मेन मेन डोर है से आगे पॉल में एंट्रे है बारह फीट साढ़े चार इंच ये जो हॉल हाँ की जो विंडो है वो विच फीट बात फीट की है ये भी फीट बाय चार फीट की है पे एरिया मिलता है है बाथरूम बाथरूम की साइज़ चार फीट बाई चार फीट ये साइज़ है सफिशियंट इसी हाउस में होती है दो तो विंडो साइज ए सी वि विंडो की की की की की साइज़ साइज़ है दो है है है है है फीट फीट फीट इसके बाद में बेडरूम बेडरूम इंच बाय ये कवर का यूनिट इस बेडरूम इस बेडरूम में विंडो की साइज चार फीट बाय चार यहाँ पे किचन है किचन साइज 12 फीट साढ़े चार इंच की साइज यहाँ बेड है बेड बेडरूम की साइज आठ फीट साढ़े दस इंच और एक बेड रूम है जिस बेड रूम की क्या बेड है क्या बेड का साइज 12 फीट 6 इंच वाइड 10 फीट है क्या है बेड की यूनिट है ये सब मिलो क्या फिट की है तो सर किस से सबसे शॉट देंगे जा सकते हैं दोस्तों आपको बहुत सारे हाउस हाउस, प्लान, चैनल चैनल ताकि आप को विजिट कर पूरा हाउस प्लान सब में आए तो लाइक कीजिए वीडियो को, को चैनल सब्सक्राइब कीजिए हम चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे हाउस प्लान के वीडियो आपको दिखाने वाले सिंगल स्टोरी हाउस टू स्टोरी हाउस वन बी एच के टू बी के थ्री बी के हाउस ये सब दिखाने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए